अंकारा के पास एक कस्बे में सड़क के बीच में मौजूद इस कब्र ने सबको चौंका रखा है यहाँ से गुजरने वाले लोग इस कब्र से ये सोच मुराद मांगते हैं कि शायद ही किसी महान बुजुर्ग की कब्र है पर असल में ये किसी को पता नहीं कि ये कब्र किसकी है कुछ लोकल लोगों का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी एक बुजुर्ग की कब्र है जिसे मरने के बाद उसके घर में ही दफन कर दिया गया था बाद में शहर का नक्शा बदला और घर तो टूट गया आरोप सड़क बनाने वालों ने इस कब्र को वही रहने दिया क्यूँकी जब वो घर तोड़ रहे थे तब उन्हें तरह तरह के सपने और आवाजें आ रही थी की ये यही रहने दो जिसके बाद ये कब्र आज भी सड़क के बीच मौजूद है और अपने साथ रहस्य बनाए हुए है